Again. क्यों रो रही है क्यों रो रही है मैंने तो भी डांटा ही नहीं आपको हैं क्यों रो रही है पहले बताओ तो मैं बंद करू पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊ आप बता दो मैं बंद कर दूंगी मैं खाना खिला के बेचती हूँ बताऊँ रात को आके खाते पेट खाली रहता है ना, होती ना पापा की और रात को भी वो बिना कुछ खाए पीए चलेगा दुनिया के हर बच्चे को अपने पापा की टेंशन होती है अच्छा खाना खाएंगे ना वो अभी अंकल को सामान देना ज्यादा जरूरी था लेकिन भुके भुके तो अगर अभी वो खाना खाने बैठते और उनके निकल जाएगा तो उनका नरेश ना। अंकल आते ना उनका ग्राहक बैठा उनके दुकान पे उनको देना तो पड़ेगा ना उनका सामान तो खाना खा इंसान खाना नहीं क्या आके खाएंगे ना इंसान क्या कुछ बताओ खाएंगे ना खाना नहीं खाएगा वो खाना नहीं खाते, खाते, वो भी गी खाते। गी अपने नहीं खाना खाएंगे ना तो तो तो तो पापा नाश्ता ले जाते हैं रोना नहीं पापा को आप प्यार